समझता रहा आज मेरा

तैयार

की कर पैसे तो कर कि मेरे पैसे तो देता हूं। अरे भैया अरे उस बाइन से पूछो जिसके बारे में तो राखी के त्योहार पे

की तर्थी तर्थी तर्थी तर्थी है। तो राखी बांधती तुम्हे इस बात बारे खा तो दिया जाके मर जा सुबह में असर कर लू बचा कर

जिस घर में मेरे कहा ज्यादा मजला है दो तो जाऊंगी

का मालिक बनना चाहता है आ, आपको छोटा नहीं, नहीं, नहीं आज तुम मा बैठने की वजह से मेरी पहल हाथ से भागी हुई है तो पहले मेरी बात सुन कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं

मर जा रहे तो उसे दोनों भाई चलेगे सुबह सुबह पर लेकर घाट पे ऐसे आराम से आएगी आपको पैसा बचेगा मैं भी ऐसा भैया बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा बातें करोगे

भी बड़े भैया कौन मुझे भी कराने करना अरे हो, मर जाने दो। और ऐसा ना हो कि मैं भी आपकी तरह के जो आपको मर्यादा से बात कर रहा हूं इस मर्यादा को मैं भूल जाऊंग ऐसा नहीं मैं सुखा। सुना ठीक है जाओ

अरे वाह हो आज तो बहुत बोलने लगा है इसलिए कि जवान हो गया है सयाना हो गया है और समझदार भी हो गया है अरे जब तू बहुत मासूम था बहुत छोटा था

elle <laughs> ga

कि आज हमारा सप, सपना हमारा सपना साकार होने वाला है मतलब के आग यार गया से हाथ नहीं जो मैंने सोचा हाँ। आज वही हुआ इस परिवार में ऐसा दरार हो गया है तो तो कि भाई भाई को नहीं चाहता

रहा था अपनी छोड़ छोड़ कि लेकिन अपने भाई के बात को एक भी नहीं माना अपनी प्यारी एक छोड़कर खाके गिर गई ना और यदि था वही हुआ घर मेरी गुड़िया रहे

तो नहीं कर जा भैया तेरा भाई दूसरा कुछ कहना चाहता है बहन